पैसा आए तो मुसीबत ना आए तो मुसीबत इसलिए पैसे को समझना बहुत जरूरी है नमस्कार दोस्तों रीडर्स बुक शब में आपका फिर से स्वागत है रॉबर्ट टिक्यो साकी कहते हैं कि वो और उनका दोस्त माइक बड़े हो चुके थे और माइक ने अपने डैडी का बहुत बड़ा सा कारोबार संभाल लिया था और बहुत सक्सेसफुल भी था और अब माइक अपने बेटे को ठीक वैसा ही सिखा रहा था जैसे कि उसके डैड ने यानी रॉबर्ट टिकी यासाकी के रिच डैड ने उन दोनों को सिखाया था रॉबर्ट टिके योसाकी कहते हैं कि जब वो सैतालीस साल के हुए तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं होता है या आगे काम नहीं करना चाहते वगैरह वगैरह रिटायरमेंट का ये मतलब होता है कि अब आप इस लायक हो गए हैं कि आपका पैसा अब आपके लिए काम करे। रिटायरमेंट का सही मतलब यही है कि आपने पूरी ज़िंदगी जो मेहनत करके जो स्ट्रैटी बना के सही जगह निवेश करके पैसा लगाया था अब आपकी वो एज आ चुकी है कि अब उस पैसे को एंजॉय करें क्योंकि अब आपका पैसा अब आपके लिए काम करना शुरू कर चुका है कुछ लोग पूरी ज़िंदगी काम करते रहते हैं रिटायर नहीं हो पाते पूरी ज़िंदगी काम करना गलत नहीं है पर यह डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि पैसे की ज़रूरत की वजह से पूरी ज़िंदगी काम कर रहे हैं उसका ग़ुलाम बनके काम कर रहे हैं या फिर उसका मालिक बनके अपने काम को इंजॉय करके पूरी ज़िंदगी काम कर रहे हैं रिटायरमेंट को दूसरे शब्दों में चिंताओं से आज़ादी भी कह सकते हैं इसका मतलब ये है कि पैसा अगर सही तरीके से खर्च किया जाए पैसे को अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो वो अपने आप बढ़ता रहता है ये ठीक एक पेड़ लगाने की तरह है क्या इसे सालों तक तो पानी देते हैं जब आप अपने बिजनेस में होते हैं अपनी जॉब में होते हैं और कभी भी इसमें कोताही नहीं करते हैं। जब भी उस पेड़ की ज़रूरत होती है तब आप उसकी सेवा करते हैं और जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है ज़मीन की गहराइयों में उसकी जड़ें पहुंच जाती हैं फिर वो अपने आप को छाया और फल देता है और फिर आपको उसके लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती पैसा भी कुछ कुछ उस पेड़ की तरह ही है अगर इस बात को एक दूसरे एग्जाम्पल से समझे, तो हमें जैसा गोल बनाना है उसके लिए प्रिपरेशन भी वैसी करनी पड़ेगी अगर बहुत ऊँची बिल्डिंग बनानी है तो हमें उसकी नींब बहुत गहरी खोदनी पड़ेगी और अगर हमें छोटा सा घर बनाना है तो उसकी नींव छोटी होगी पर प्रॉब्लम यही होता है हम छोटी सी नींव खोदकर बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं जो कि बाद में ढह जाती है तो जरूरी क्या है पैसे को समझना पैसे को संभालना पैसे को संभालने के लिए उसे समझा कैसे जाए इसके लिए सबसे जरूरी बात है लाइबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क को समझा जाए एसेट्स को खरीदा जाए और लाइबिलिटीज में पैसे ना डाला जाए अच्छा ये सुनने में बहुत ही आसान लगता है लेकिन सच यही है की लेकिन ये आपको अमीर बनने में ये आपकी बहुत मदद करेगा लेकिन ये अगर इतना ही सिंपल है तो हर कोई इस बारे में सोचता क्यों नहीं लोगों को लगता है कि उन्हें लाइबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क पता है पर लाइबिलिटीज और एसेट्स के बीच का जो बारीकी सफर्क है वही लोगो को नहीं पता है तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में बात करते है लाइबिलिटीज और एसेट्स लाइबिलिटीज वो है जहाँ से पैसा आपको कभी नहीं आएगा उल्टे आपको और पैसा डालते रहना पड़ेगा एसेट्स वो चीज़ें जो आपको पैसा देती रहेगी दिन पे दिन उसकी कीमत बढ़ती रहेगी वो आपको अमीर और अमीर बनाती रहेगी इसको अगर इनकम और एक्सपेंस टर्म में समझे तो और आसान होगा सिंपल सा मतलब है इनकम है कि आपके पास कितना पैसा आया और एक्सपेंस है कि आपने कितना पैसा खर्च किया तो जब भी ऐसी कंफ्यूजन हो सही तरीका यह है कि बैलेंस शीट बनाएं, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ जरूर लिखें।